नमस्कार मित्रों ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और आज एक छोटी सी वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है जैसा कि आपके इमेज में दिखाया गया है और लिखा भी है भूमध्य सागरीय जलवायु तो चलिए आज समझ लेते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु आखिरकार होती क्या चीज है कई बार परीक्षा में पूछता और उसमें समस्याएं आती है कि कहाँ कहाँ पाई जाती है किस तरह की कि उसकी विशेषताएं हैं और वह ऐसी है विशेषताएं तो क्यों है इन सबकी जानकारी हम लोग आज लेते हैं देखते हैं आपको पता होगा कि जो भूमध्य रेखीय जलवायु या जो सूर्य का स्थिति सूर्य की स्थिति है वह उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति जो होती है वह आप रेखा से ले लीजिए देखिए यहाँ पर लिखा भी है सनरे सन रे जो है आपके उत्तर में साढ़े तेईस तक जाती है और दक्षिण में जो है साढ़े तेईस तक जाती है ठीक है उत्तर में आपकी साढ़े तेईस में दक्षिणायन की होती है तो जैसी बात है जब सूर्य बिस्वत रेखा पर होता है जब सूर्य विश्वत रेखा पर होता है तो विश्वत रेखा के आस पास का एरिया ज्यादा टेम्परेट होता होगा ये ज्यादा गर्म होता होगा ठीक है लेकिन जब यही उत्तर चला जाएगा तो यही पेटी जो है थोड़ा सा उत्तर खिसक जाएगी और दक्षिण आएगा तो ये पेटी जो है दक्षिण खिसक जाएगी यानी गर्म अब जो है यहाँ पे था यहाँ से साढ़े तेईस पे आ गया तो जो स्थिति यहाँ थी वो आ गई अब यहाँ तो बाकी जो थी वो आके ऊपर चली गई उसके ऊपर चली गई तो पेटी जो है ऊपर खिसकती चली जाती है और यही वजह है यही कारण है जो कि आपके भूमध्य सागरी जलवायु को अलग तरह की विशेषता देता है समझिएगा भूमध्य सागरी जलवायु को हम लोग थोड़ा समझेंगे पेटी तो आपको समझ में ही आ रही है कि कहां से कहां तक है तो ये आपको फिर से बता दें ये जीरो अंश है और जीरो से पांच अंश नाथ पांच अंश साउथ तक तो डोलड्रम पेटी होती है जहां पर कोई हवा नहीं चलती है लेकिन यही अगर आप तीस अंश अच्छा उत्तर और तीस अंश अच्छा दक्षिण चले जाएंगे तो यहां पर आपको दक्षिण पूर्वी हवा है और यहां पे आपको उत्तर पूर्वी हवा इसके ऊपर जाएंगे तो दक्षिण पश्चिमी है इसके इधर आएंगे तो उत्तर पश्चिमी जब सूर्य उत्तरायण होता होगा तो यह तीस का पैंतालीस चला जाता होगा क्यों भाई जीरो से साढ़े तेईस जा रहा है तो कम से कम 15 तो गा, ही गा। तो 45 जो 30 30 पे है वो वो 45 45 यानी हवा हवा आपकी हवा आपकी जो आपका तक तक चल रही थी वो 45 तक चलने लगेगी और जब यही दक्षिण होगा तो उस स्थिति में जो दक्षिण पूर्व हवा है ये खिसक आएगी 30 से 45 तक और जो पछुआ हवा 30 के ऊपर चल रही थी वो खिसक के आ जाएगी कहा आ जाएगी बीस से पंद्रह अच्छा तक आ जाएगी मतलब यह वह बेल्ट है जो तीस के आसपास की बेल्ट है जिसमें एक समय में चल रही है से समझने का प्रयास करते हैं ठीक है तो इसको जो है हम एक मैप के माध्यम से जो है समझने का प्रयास करते हैं कि ये आपका कैसे हुआ ये आपके सामने जो है विश्व का मैप खुला हुआ है ठीक है ये आपके सामने श्व का मैप खुला हुआ है समझने का प्रयास करिएगा देखिए ये आपकी है जीरो, रेखा, जीरो रेखा, और यहाँ पर जो है ये आपका है भूमध्य सागर ये क्या है तो ये आपका है भूमध्य सागर ठीक है भूमध्य सागर है याद रखिएगा ये आपका जो है ये भूमध्य सागर है ठीक है और यहाँ पर ये जो जा रही है ये आपकी है 30 अंश श ठीक है 30 अंश अच्छा और इसके बाद ये आपकी है ये जो है 60 अंश अच्छा तो आपको 30 अंश अच्छांश तक पूर्वा बताए थे ठीक है और यहाँ पर भी जो है आपकी ये 30 अंश अच्छांश है और ये आपकी है ये 60 अंश अच्छा ठीक है समझिएगा तो ये जो एरिया हमने अभी बताया था उसमें ये जो है का है उत्तर ये आपका जो दक्षिण पूर्वी पवन का है तो अभी अगर स्थिति की बात करें नॉर्मल स्थिति सामान्य स्थिति की बात करें तो आपका जो है ये भूमध सागरी क्षेत्र जो है वो पछुआ में जा रहा है नॉर्मल स्थिति तब जब सूर्य विश्वत रेखा पर है तो इस सूर्य को उत्तरायण कर दीजिए सूर्य को उत्तरायण कर दीजिए ये जीरो से खिसक करके चला कहाँ आता है साढ़े तेईस तक और ये खिसक करके चला कहा जाएगा पैतालीस तक चला जाएगा तो अब क्या हुआ जब उत्तर खिसका है तो गर्मी भाई भारत में बढ़ गई सूर्य हमारे सामने चमकने लगा गर्मी में गर्मी जो है भारत में बढ़ गई और जब गर्मी भारत में बढ़ी और यही पूर्वा ये जो आपका ये और आगे बढ़ गई पूर्वा और पूर्वा चली गई ये पूरा एरिया जो है पूर्वा अब पूर्वा होने की वजह से यूरोपीय भूमि क्षेत्र से से से से जो हवाएं चलेंगी वो आपके पूर्व पश्चिम आस्थल आस्थल समुद्र समुद्र की की तरफ आएंगी से समुद्र कब स्थिति है गर्मी में अब वर्षा होने के लिए आद्रता चाहिए जब हवा ही अस्थल से समुद्र की तरफ चली गई तो वर्षा कहां से होगी कोई संभावना नहीं है हवा सागर से स्थल की तरफ आनी चाहिए तभी तो वर्षा होगी लेकिन आस्थल से समुद्र की तरफ चली जा रही है तो यह स्थिति तब है जब सूर्य उत्तरायण है लेकिन जब यही सूर्य दक्षिणायण होता है तो जो ये 30 अंश तक चल रही थी ये आ जाती है 20 अंश के आसपास यानी 20 अंश 15 अंश के आसपास तो ये एरिया जो है अब आपका आ जाता है ये वाला एरिया पचुआ में आ जाता है अब पछुआ हवा यहाँ से चलने लगती है ठीक है सूर्य साढ़े तेईस पे आता है नीचे तो यह बेल्ट खिसक आती है तो ये पूर्वा वाली बेल्ट आपकी आ जाती है यहाँ तक ये यह आपकी इधर है पूर्वा ठीक है इधर पूर्वा है और इस पे चलने लगती है पछुआ अब सागर की तरह से से हवा हवा हवा हवा, हवा, आने लगती है, उत्तर से आती है हवा हवा आती है, है, आती आती ध्रुवीय ध्रुवीय ध्रुवीय और ये तो ये ये आपका भूमध्य सागरी क्षेत्र तो ठंडी है सागरी गर्म और आर्द्रता लिए हुए जमके नमी लिए हुए है ऐसे में क्या होगा दोनों मिलेगी और यहाँ पर चक्रवात का निर्माण हो, हो जाता है चक्रवात का निर्माण होता है ये शीतोल ग क्षेत्र है इसलिए इसे शीतोल ग चक्रवात कहते हैं ये आपका जेट स्ट्रीम और पछुआ पवन की चपेट में आकर ये पूरा क्षेत्र तो जो है आपका पूरा भूमध सागरी क्षेत्र भूमध सागर के चारों तरफ का एरिया तो ये आपका जो है जिसमें स्पेन है फ्रांस है इटली है और इधर से तमाम एडियटिक सागर के तट वाले सहारे देश है अफ्रीका का अल्जीरिया और ये सब देश ये सब एरिया जो हैं, ये पूरा का पूरा जो है आपकी वर्षा हो रही कब जब सूर्य दक्षिणायन है और सूर्य दक्षिणायन होने लगता है तो हम कांपने लगते हैं ठंडी से क्यों ठंडक आ जाती है सूर्य दक्षिणायन है और ठंडी बढ़ जाती है तो यहाँ पे जो है ठंड यानी शीतकाल है तो यहाँ पर भी शीतकाल होगा तो शीतकाल में पछुआ हवा आती है उसके चलते यूरोपीय क्षेत्र के जो की आप भूमध सागरी वर्षा के रूप में जान सकते हैं अब यही पर समझिए कि और कहा भूमध सागरी जलवायु हो सकती है अगर इसकी स्थिति देखे इसकी तो ये क्या महाद्वीपों का पश्चिमी किनारा है अच्छासी विस्तार हम इसी को साथ में ले लेते हैं इसी को साथ में ले लेते हैं तो आपका तीस से जो है तीस से पैंतालीस ले लीजिए और तीस से पैंतालीस आपका जो है इधर का भी ले लीजिए, इधर का भी बैठ ले लीजिए अब महाद्वीप का पश्चिमी किनारा कर दीजिए महाद्वीप का पश्चिमी किनारा करेंगे तो ये आपका भूमध्य सागरी इसलिए भूमध्य सागरी जलवायु नाम पड़ गया ठंडी में वर्षा हो रही है गर्मी शुष्क हो रही है ठीक है यहाँ पर उसी महादीप का पश्चिमी किनारा कहा आ जाएगा ये वाला एरिया आ जाएगा कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया ठीक ठीक है है आ जाएगा कैलिफोर्निया और वही जो है पश्चिमी किनारा देखे भी है साढ़े तेईस लेकिन यह कब होगा जब सूर्य उत्तरायण होगा यह स्थिति सूर्य उत्तरायण होगा तब यह होगा स्थिति सूर्य दक्षिणायन होगा तब होगा तो यही आपका चिली वाला क्षेत्र है ठीक है यहाँ पर आपको सेंटियागो मिलेगा वाल जो मिलेगा अफ्रीका का अफ्रीकाउन वाला केप वाला एरिया मिलेगा ये वाला देखिए यही है महाद्वीप का पश्चिमी किनारा केपटाउन और उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का ये वाला हिस्सा है ये ठीक है ये भी आपका है पश्चिम में है ठीक है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी किनारा ठीक है ये वाला पश्चिम दक्षिण दक्षिण पश्चिम वाला ये वाला किनारा तो ये आपके हैं और इसमें आपने क्या देखा गर्मी में शुष्कता होती है और ठंडी में जम के बारिश होती है यानी काल वर्षा होती है यानी इस क्षेत्र में जो है काल में आपकी वर्षा होगी भूमध्य सागर के चारों तरफ इसकी उत्पत्ति मानी जा रही है, जो हो रही है, इसके के हो रही है। इसलिए इस जलवायु को भूमध सागरी जलवायु के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और सर्वाधिक जो है सुनिश्चित जलवायु प्रदेश ये आपका है और यहाँ पर अच्छा विस्तार आपका अगर बात करें तो वही है तीस से लेकर पैंतालीस अंश ठीक है 30 से लेकर 45 सन, 30 से लेकर 45 सन, दोनों साइड दोनों साइड में जो है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर आपकी वर्षा इस तरह की आपकी मिल रही है ठीक पांच डिग्री से लेकर पंद्रह डिग्री तक होता है पांच से पंद्रह अंश तक ही होता है लेकिन ग्रीष्म काल में जो तापमान है वो थोड़ा बढ़ जाता है ग्रीष्म काल का तापमान बीस से छब्बीस डिग्री बीस से छब्बीस डिग्री आपका ग्रीष्म काल का ग्रीष्मान हाँ तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वो सीत काल में होती है और यहीं से जो चक्रवात उठता है ना शीतोष का मंडी चक्रवात यही जब भारतीय प्रवेश करता, भारतीय क्षेत्र में कब आता है शीत काल में कहते हैं ना शीतकाल में इसका भी कई बार क्वेश्चन आया है शीतकाल में हमारे जो है जम्मू कश्मीर क्षेत्र पंजाब क्षेत्र हरियाणा क्षेत्र राजस्थान क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो इसी चक्रवात से होती है जिससे हम शीतोकर नदी चक्रवास या पछुआ बिषोभ के नाम से जानते हैं ठीक है पछुआ बिषोभ पछुआ विक्षोभ के नाम से जानते हैं ये आपका यही है बिक्षोभ ठीक है पछुआ बिष्छोभ के नाम से हम इसको जानते हैं ठीक है पछुआ विक्षोभ के नाम से आपका ये जाना जाता है ठीक है जो आपके यहाँ काल में उत्तर पश्चिम इलाके में जो वर्षा होती है पंजाब हरियाणा राजस्थान राजस्थान इसे मावट के नाम से जाना जाता है ठीक है और आपके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उस समय थोड़ी बर्फबारी हो जाती सेव की फसल के लिए अच्छा हो जाता है ठीक है तो ये आपका है पछुआ विक्षोभ तो यहाँ पर टेम्परेचर आपका बीस से साठ हो गया गर्मी में पांच से पंद्रह शीतकाल में वर्षा जो है ये चालीस से अस्सी सेंटीमीटर होती है से 80 सेंटीमीटर वो भी जो है आपकी कब होती है तो ग्रीष्म काल शीत काल में ही वर्षा होती है बात क्लियर हो गई हो अच्छा, होगी लेकिन वर्षा नहीं होगी कारण, कारण पूर्वा चल रही है पवन पूर्वा चल रही है चल सागर की तरफ चल रही है इन क्षेत्रों में इन सभी क्षेत्रों में नहीं होगी ठीक है ग्रीष्म होगा शीतकाल वर्षा वाला होगा ठीक है वर्ष भर अधिक मात्रा में धूप प्राप्त करता है ये ठीक है और यहाँ पर जो है अः वर्ष अधिक धूप हाँ जलवायु प्रदेश जो ये आपका स्वास्थ्य वर्धक एवं आनंददायक है स्वास्थ्य बंधक आनंददायक शीतल जलवायु है जो मस, जो रसदार फल होते हैं ना वो यहाँ पर अच्छे होते हैं इसलिए शराब उत्पादन में जो है ये क्षेत्र अच्छा है जैसा कि आप यहाँ पर सेंटियागो में बाल पर है शराब उद्योग के लिए स्पेन का हुआ फ्रांस का हुआ इटली का हुआ बहुत अच्छी शराब यहाँ पर बनती है अल्जेरिया में ठीक है और उसी तरह से कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में भी शराब उत्पादन आपका होता है यहाँ कैपटाउन वाले क्षेत्र में भी आपका शराब उत्पादन हो जाता है तो यहाँ पर जो है नीबू संतरा जैतून जी खुबानी ये सब रसीले वाले होते। रसीले फल फल वाले वाले ज्यादा होते जो रसीलेतकाल में फल देते हैं शीतकाल में जो फल देते हैं ठीक है ओक सा, साइप्रस दक्षिण इटली यूनान पश्चिमी टर्की सीरिया इसराइल उत्तर पश्चिम आपका जो है यहाँ पर अल्जीरिया भी पड़ेगा अफ्रीका का अल्जीरिया हो गया ठीक है और दक्षिण अफ्रीका का जो है आपका ये केपटाउन वाला शहर हो गया यानी ये आपका जो हो जाएगा जो है उत्तर पश्चिम अफ्रीका अल्जीरिया हो गया दक्षिण अफ्रीका का जो है दक्षिण पश्चिम भाग दक्षिण अफ्रीका का जो है दक्षिण पश्चिम यही हुआ ना दक्षिण पश्चिम और यूएसए का, का, का, का, का जो है दच्चिण भाग, दच्चिण भाग, ये विश्व भूमध सागरी जलवायु जो की इसे समसागरी नाम से भी जानते हैं अगर कोडिंग की बात करेंगे तो सी एस के नाम से जानते हैं ठीक है याद रखेगा तो आपकी जलवायु ठीक हाँ, है तो और अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं हमारी इसके अलावा और भी बहुत सी क्लासेज हैं जो लाइव क्लास चलती हैं ये तो अपलोड है लाइव क्लास आपकी मिलती हैं निशुल्क मिलती हैं तो आठ बजे आपकी विश्व भूगोल मैपिंग चल रही है और पौने आठ बजे या सात पचास पर जनसत्ता न्यूज पेपर चल रहा है और बजे आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है स्पेशल पी के लिए टेस्ट आप उसको जरूर ज्वाइन करिए बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है और एक तारीख से तो कम्पलीट डेढ़ क्वेश्चन की सीरीज चलाई जाएगी एक सेप्टेम्बर से तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में